कन्या राशि के जातकों नमस्कार स्वागत अभिनंदन ज्योतिष के ऐतिहासिक चैनल एष्ट्रोविदास पे दर्शकों अक्टूबर माह का राशिफल आप लोगों के लिए क्या कुछ नया ले करके आया है इस पर आज हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ दर्शकों इस माह चूंकि दीपों का पर्व दीपावली पड़ रहा है तो कन्या राशि के जातकों माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए ऐसा कौन सा दिव्य प्रयोग करें कि पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी आपके कोष को भरती रहे भरती रहे भरती रहे पैसों की कभी कमी ही ना आए तो अंत तक दर्शकों इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा और आगे बढ़ें उससे पहले बताना चाहें चाहेंगे कि 19 और 20 अक्टूबर को दिल्ली आ रहे हैं इच्छुक दर्शक जो कोई भी दिल्ली में मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप लोग 19 और 20 अक्टूबर की अपॉइंटमेंट अभी से ही बुक करा दीजिए दर्शकों इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से इस पर दृष्टि डाल लेते हैं इसके बाद हम आपको दीपावली से जुड़ा हुआ एक प्रयोग बताते हैं और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा नहीं तो कोई भी स्टेप अगर आप जो है स्किप करगा तो तो बड़ी दिक्कत होगी तो देखिए इस माह के जो प्रमुख हैं हैं आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते का पर्व रहेगा और दुर्गा जी का विसर्जन भी नौ अक्टूबर बुधवार पापा कुंशा नामक एकादशी व्रत रहेगा ग्यारह अक्टूबर शुक्रवार को शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत पर जो है रहेगा आप लोग रह सकते हैं 13 अक्टूबर रविवार को दिन फुलमून शरद पूर्णिमा रहेगी देखिए वाल्मीकि जयंती भी इस दिन रहेगी तो जो भी हमारे दर्शक फुलमून का व्रत रहते हैं 13 अक्टूबर को रहना है 17 अक्टूबर गुरुवार दिन रहेगी रहे और गुरुवार दिन रहेगा और करुआ चौथ का व्रत रहेगा 21 अक्टूबर सोमवार को अहोई अष्टलक्ष्मी व्रत रहेगा 24 अक्टूबर गुरुवार का दिन रहेगा रमा एकादशी व्रत रहेगा वहीं पच्चीस अक्टूबर को धनतेरस और प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष का रहेगा छब्बीस अक्टूबर शनिवार दिन रहेगा नरक चतुर्दशी और सत्ताईस अक्टूबर दीपों का पर्व दीपावली माँ लक्ष्मी पूजन काफी कुछ ये मंथ जो है ना प्राकृतिक शक्तियों को समेटे हुए लेकर के आ रहा है आप सभी लोगों के लिए 28 अक्टूबर सोमवार दिन रहेगा गोवर्धन पूजा रहेगी 29 अक्टूबर मंगलवार को भैया द्वीज और विश्वकर्मा जी की जयंती भी रहेगी तो दर्शकों चलते हैं आपको दीपावली से जुड़ा हुआ एक प्रयोग बताते हैं और इस प्रयोग को आप लोगों को करना रहेगा धनतेरस वाले दिन करना क्या रहेगा मार्केट से एक स्फटिक का श्रीयंत्र लाना है और एक आपको करना क्या रहेगा कि रेशम का वस्त्र आपको रेड कलर का लेना है और उस रेशम के वस्त्र में करना क्या रहेगा आ, जो है धनतेरस के दिन आपको सात कमल गट्टे लेने हैं सात आपको फूलदार लौंग लेना है सात आपको इलायची लेनी है और केसर जानते होंगे आप लोग तो केसर की कुछ पत्तियां ले लीजिएगा एक इत्र ले लीजिएगा और एक चांदी का सिक्का लक्ष्मी जी का होगा उस पर आप लोग सफ़ेद जो है ये ए, कलावा मौली जानते होंगे रेड कलर की जो आती है में बांधने वाली इससे आपको बांधना रहेगा उस सिक्के को और बांध करके उसके बाद उस पर इत्र लगा दीजिए और इन सभी सामग्री को आपको लेना है और गाठ लगा करके धनतेरस वाले दिन माँ लक्ष्मी के सम्मुख रख करके आप लोगों को लक्ष्मी सहस्त्र नाम आप लोग गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे फेसबुक पेज पर होगा उसको आप लोग देख सकते हैं तो लक्ष्मी सहस्त्र नामावली आपको लगातार तीन दिन पढ़नी रहेगी धनतेरस के दिन पढ़नी रहेगी नरक चतुर्दशी के दिन और दीपावली के दिन तीन दिन लगातार आप लोग इसको पढ़िए और फिर देखिए जिस दिन लक्ष्मी पूजन आप लोग करेंगे अपने घर में उसके बाद उस पोटली को लक्ष्मी पूजन करने के बाद उठाइए और जहाँ पर आप अपना धन संचय करने का जो है वो रखते हैं पैसा वगैरह रखते हैं वहाँ पर इस पोटली को आपको बस रख देना है इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है प्रतिदिन धूप दीप आपको दिखाना रहेगा ये करिए पूरे दिन पूरे वर्ष मां लक्ष्मी आपके अक्षय भंडार को भरती रहेंगी ये बिल्कुल श्योर है तो ये प्रयोग था दीपावली से जुड़ा हुआ कन्या राशि के जातकों के लिए स्पेशल अब बढ़ते हैं राशि फल पर और ग्रही गोचर व्यवस्था क्या कहती है तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक कुंडली देख पा रहे हैं अच्छा ये हमारा राशिफल जो है ये चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देशे ग्रामे ग्रह युद्ध सेवाया व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतक है विवाहे सर्व मांगल्य यात्राया ग्रह गोचरे है जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतन तो हमारा शास्त्र भी यही कहता है कि जन्म राशि की प्रधानता दीजिए तो स्क्रीन पर जो आप कुंडली देख पा रहे हैं सूर्य और मंगल ये लग्न में ही आपके गोचर कर रहे हैं कन्या राशि बुद्ध और शुक्र द्वितीय भाव जो कुटुम्ब का भाव होता है जो फिक्स धन का भाव होता है यहाँ पर संचय कर ससुराल का भी पक्ष यहीं से देखा जाता है सात नंबर तुला राशि में बुद्ध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है जुपिटर गुरु ये वृश्चिक राशि में पराक्रम के घर में गोचर कर रहे हैं शनि और केतु सुख के घर में देवगुरु बृहस्पति के घर में धनु राशि में चलायमान है राहु कर्म स्थान पर आपके गोचर कर रहे हैं चंद्रमा को मानक मान करके ही ये राशिफल हमने दर्शकों को तैयार किया है तो होगा क्या देखिए एक से सात अक्टूबर तक प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्तियों का आपको सान्निध्य प्राप्त होता हुआ नजर आएगा आपके वाक्य चातुरता के कारण आपके आय में वृद्धि होगी सेकंड हाउस जो होता है ये वाणी का होता है और बुद्ध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग मामूली चीज नहीं बन रही है इस माह फिर अगेन हम आप लोगों को कह रहे हैं कि आप अपने वाणी के दम पर अपने वाक के जो है चातुरता के दम पर इनकम में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे इनकम में कैसे वृद्धि करेंगे सेकंड हाउस में लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है एकादश स्थान जो आय का होता है जुपिटर की नवम दृष्टि पड़ रही है गुरु देव गुरु बृहस्पति अपनी उच्चगत राशि को देख रहे हैं तो आपको अत्यधिक धन लाभ होता हुआ इसम दिखाई पड़ रहा है कृषि तथा वाणिज्य दोनों से ही आपको लाभ होगा यदि आप कृषि के कार्यों से जुड़े हुए हैं तो आपको प्रचुर मात्रा में लाभ होगा इस माह एक बात और बताना चाहेंगे जो अविवाहित लोग हैं उनको विवाह के नवीन प्रस्ताव आ सकते हैं आप जुपिटर। पूछेंगे कैसे पंचम दृष्टि देखिये सप्तम स्थान पर जा रही है तो सप्तम स्थान से संबंधित सुख आपको प्राप्त होगा साझेदार नए नए बनेंगे कार्य में कुछ नया करेंगे कोई नए बिजनेस की आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं मान सम्मान बढ़ेगा प्रशासकीय लाभ मिलेगा पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति संभव है लेकिन लेकिन राहु उच्च के हैं आपके ऊपर कोई एलिगेशन भी लग सकता है कैसे लगेगा ये अब हम आपको बताते हैं सूर्य देव जो हैं सत्रह तारीख को ये नीच के हो रहे हैं तो सेकंड हाउस जो होता है आप अपनी वाड़ी ऐसी कुछ बोल देंगे किसी उच्चाधिकारियों को आप कोई जवाब दे देंगे तो उसके कारण आप दिक्कत में फंस सकते हैं तो सात तारीख से ले करके और लगभग सत्रह तारीख से के बाद और मंथ के एंड तक की आपको बहुत संभाल करके अपने जो है बोली का भाषा का इस्तेमाल करना रहेगा अपने ऑफिस और कार्य क्षेत्र में इस माह बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त करेंगे कोई नए वाहन का कोई नए घर का सपना यदि अभी तक आप देख रहे हैं और पूरा नहीं हुआ है तो यकीन मानिए अक्टूबर माह में ये सपना आपका पूरा होगा दंड भेद चाहे जैसे आपके पास आए आएगा ही आएगा कोई नया कार ले सकते हैं वाहन खरीद सकते हैं फ्लैट ले सकते हैं आ, संतान का लाभ भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है विचारों में का आपके समावेश होगा कार्य क्षेत्र में आपको प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा स्वभाव में अपने नम्रता तथा समर्पण का यदि भाव रखते हैं तो इस माह काफी कुछ आप पाते हुए नजर आएंगे लेकिन वहीं पर माता के स्वास्थ्य में कमी आपके माता को ज्वाइंट पेन हड्डियों से रिलेटेड घुटनों में दर्द इत्यादि की समस्या हो सकती है मनोरंजन गायन वादन शिक्षा तथा अध्ययन अध्यापन में आपकी रुचि रहेगी इसमें सफलता प्राप्त होगी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसमें आपको सफलता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं चौबीस अक्टूबर के मंथ के एंड तक की पारिवारिक कलह से मन आपका बहुत ज्यादा भयग्रस्त तथा चिंतित रहेगा अपव्य तथा धन आगमन में बाधा के उपरांत भी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी रहेगी। हाउस जो होता है, ये होता है है ये खर्च का तो जैसे ही सूर्यदेव नीच के होंगे तो सत्रह के बाद से आपके खर्चे अचानक से बढ़ेंगे और वैसे भी गाड़ी लेंगे वाहन वगैरह लेंगे जमीन लेंगे तो पैसे तो आपके जाएंगे ही जाएंगे व्यवसायिक लाभ होगा आपको मित्रों एवं सहयोगियों के साथ व्यवहार करने अन्यथा इन्हीं के माध्यम से आपके खिलाफ कोई विरोध हो सकता है। सहायता प्राप्त करने में आप सफल होंगे। कन्या राशि में सूर्य बुद्ध का जब योग है दर, जो है होने से दर्शकों बिगड़े हुए कार्यों में कुछ सुधार होगा बुद्ध चूंकि यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं धन लाभ और प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे उत्तरार्ध भाग में भी मिश्रित फल आपको प्राप्त होंगे अत्यधिक परिश्रम करने पर भी मनोकूल लाभ में कुछ कमी रहेगी आपके निकट के बंधुओं से कुछ तनाव की स्थिति भी रहेगी महीने के उत्तरार्ध से आर्थिक उलझने आएंगी, खर्च अधिक रहेगा आय आपकी कम रहेगी मन में कुछ अशांति और असंतुष्टता बनी रहेगी जिसके कारण क्रोध बना रहेगा स्टूडेंट हैं सत्रह तारीख के बाद से पेपर देने जा रहे हैं तो अपने दिमाग को थोड़ा सा आप लोग जो अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करिए माइंड के कोई गुस्सा मत करिएगा अन्यथा आपका एग्जाम जो है आपका खराब हो सकता है नवीन कार्य की योजना बनेगी लेकिन क्रियान्वयन में विलम्ब रहेगा प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट हमने बताया हो सकता है विवाहित नहीं तो विवाह के लिए अनुकूल समय रहेगा कोई नया प्रेम संबंध इत्यादि भी आप लोगों का स्थापित हो रहा है अच्छा कन्या राशि के जातको वार्षिक राशिफल दो हमने आप लोगों का डाला है अपने चैनल पर आप लोग उसको जा करके जरूर देखिएगा तो ओवरऑल ये स्थितियाँ दर्शकों रहेंगी पराक्रम में पीछे नहीं हटेंगे फिर हम आपसे कह रहे हैं इनकम आपकी आएगी लेकिन ऑफिस में एलिगेशन लग सकता है आपके उच्चाधिकारी 17 तारीख के बाद से आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे कुछ आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होता हुआ दर्शकों देखिए नजर आएंगे नज़र आएगा क्योंकि जो राहुदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं टेंथ स्थान पे टेंथ से देखिए पंचम दृष्टि ये जो देंगे ये सेकंड हाउस को देंगे और यहाँ पर सूर्य राहु का जो है जो है दृष्टि संबंध हो रहा है राहु का सूर्य के साथ तो चीज़ें अच्छी नहीं रहेंगी कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर लूज होगा तो इस माह को प्रभावी बनाने के लिए कुछ हम प्रयोग लेकर के आए हैं जहाँ पर कठिनाई है वहीं पर जो है देखिए समाधान है जहाँ पर समस्या है वहीं पर आप लोगों के लिए समाधान है तो इस माह को प्रभावी कैसे बनाएँ इस माह को प्रभावी बनाने के लिए देखिए शनिवार आपको भैरव मंदिर में दूध का दान जरूर करना रहेगा धनतेरस के के दिन अपने घर के दोनों पिलर पर जो तो मेन गेट है कोशिश कीजिएगा कि की कुमकुम जिसको रोली बोलते हैं उसमें केसर डाल करके और नौ अंगुल का स्वास्तिक आपको घर के दोनों ओर बनाना रहेगा इससे माँ लक्ष्मी आपके जो है कोष को भरेगी गुरुवार वाले दिन गाय को बेसन के लड्डू अथवा बेसन के आप रोटी या पराठे बना सकते हैं और गाय को खिला सकते हैं शनिवार वाले दिन, क्योंकि की भी चल रही है सुंदरकांड का आप लोगों को पाठ करना रहेगा ये जो प्रयोग है दर्शकों इसको आप करके देखिए बहुत ज्यादा आपको राहत मिलेगी भ्रामरी प्राणायाम टोटल पांच से छह बार आप लोग जरूर करिए इस माह के लिए जो भाग्यशाली कलर रहेंगे ये रहेगा ग्रीन कलर शुभ अंक आपके लिए रहेंगे तीन और आठ और जो आपके लिए लकी जो है डायरेक्शन रहेगी दिशा रहेगी ये दक्षिण पश्चिम दिशा आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगी इस माह के लिए शुभ दिवस आपको बता रहे हैं नोट कर लीजिएगा कोई भी कार्य इसमें यदि आप करते हैं तो आप सफल होंगे तो एक तारीख दो तारीख नौ तारीख दस तारीख ग्यारह तारीख चौदह तारीख उन्नीस इक्कीस तेईस पच्चीस सत्ताईस उनतीस इतनी तारीख शुभ है आंख बंद करके आप लोग कार्य को करिएगा प्रतिकूल दिवस की बात करें जो आपके लिए शुभ नहीं रहेगा तो चार तारीख पाँच तारीख छः तारीख सोलह तारीख सत्रह तारीख और तीस और इकतीस तारीख विशेष रूप से आपके लिए अनिष्टकारी रहेगी प्रतिकूल रहेगी इनमें आपको अपने आप को सावधानी रखनी बचा के रखना है तो दर्शकों ये तो था देखिए हमारा कन्या राशि का अक्टूबर माह का राशिफल फटाफट फटा आप लोग लाइक करिए लाइक करने में कंजूसी मत करिए और कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं दर्शकों 19 और 20 अक्टूबर को दिल्ली आ रहे हैं तो आप लोग वहां भी मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं दीजिए इजाजत मिलती है अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार आपका दिन शुभ हो